से सुनो। बुला के, देखी दिल आ, को, मेरी यारो। मैं तो भी अरे गाओ ना यार तो गुलाबिया jose se muddi va din main uthe ya man ki gadi tham usko usse ko samajh nahi aata very good